एच okay, डी so के अंदर के जो या कोई तो एक बेसिक सोफ्टवेयर बताने वाले एमडी का भी नहीं है जिससे हम लोग क्या सी डी की जो फाइल्स होती है उसको हम लोग एमपी फोर में एच डी के अंदर है, वो हुआ है। उसको स्मार्ट में या फोर के अंदर तो कन्वर्ट हेलो दोस्तों मैं पास तो ने चनल, मैं, मैं तो के चैनल में आपका फिर से से स्वागत करता तो बिना शुरू करने चलते हैं, हैं। करने है? है है, है। और देखते हम लोग डाउनलोड डिपेंड करता है आपके इंटरनेट की स्पीड इस पे। तो मैं अभी इसको कैंसिल कर देता हूँ मेरा ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है तो डेस्कटॉप पे आया हुआ है आप जैसे इंस्टॉल करोगे तो ये डेस्क पे पर वो इस तरीके से आ जाएगा सिंपली इसको क्या करना आपको ओपन करना है तो मैं ओपन कर लेता हूँ उसको तो ये जैसे ही ओपन हो जाता है तो सिंपली आपको करना क्या है जो वीडियो आपका पुरानी डीवीडी के अंदर है जैसे मेरे पास कुछ पुराने वीडियोज़ हैं डीवीडी के ये देखें तो मैं सिंपली क्या करूँगा इस वीडियोस को यहाँ पे लाके डाल दूंगा जैसे मैंने डाल दिया यहाँ पर जनरल पे आऊँगा यहाँ पे mp4 है वो क्वालिटी ऑन कर दूंगा तो सिंपली ओके कर दूँगा और यहाँ पे रन कर दूँगा ठीक है पाँच सेकंड या चार सेकंड लेगी कुछ टाइम लेगा बस यहाँ पे आपको सिंपली कर देना है तो ये वी वीडियो, वीडियो है वो एम के अंदर है वो कन्वर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप देख रहे हो वी टू एम कुछ टाइम लेगा कुछ टाइम के बाद वीडियो वो कन्वर्ट हो जाएगा तो ये सक्सेसफुल हो गया और ये वीडियो अपना है, वो हो चुका है। ये देखिए ये MP4 के अंदर है है वो वो वो आ चुका है। तो इस तरीके से आप किसी किसी भी भी वीडियो को है, वो, MP4 में कन्वर्ट कर सकते हो हम लोग उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक छोटी जानकारी देने की कोशिश की आपको